इज hey तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज आलू का परांठा और ये बहुत ही ऑसम awesome है और आप इजिली घर में बना सकते हैं इसको जैसे आलू का परांठा होता है और इसमें थोड़ी सी चीज और ऐड करके तो ये आलू चीज परांठा बन गया हमारा और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा आप वीक में एक बार या दो बार आप बना सकते हैं अगर आप नॉर्मल आलू परांठा खा के बोर हो चुके हैं तो तो आइए चल के देखते हैं कि आप हमें चीज़ परांठा कैसे बनाएंगे सॉरी आलू चीज़ परांठा कैसे बनाएंगे हमने ये डोलिया है ये गेहूं का आटा है इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करी है बॉयल्ड आलू हैं ये हमारा है कॉन ये स्किप कर सकते हैं गाजर स्किप कर सकते हैं आप मैंने गाजर लिया है कौन लिया है चीज़ लिया है ग्रेट कर दिया है इसको ठीक है म्योनी ली है आप इसको भी स्किप कर सकते हैं हमारे पास गरम मसाला है नमक है और ये मेरे पास और है पिज़्ज़ा सीजनिंग है और ये चिली फ्लेक्स है और ये ब्लैक ब्लैक पेपर है तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं बट मैं एड कर रही हूँ क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा तो आइए चल के देखते हैं इसकी मेकिंग कैसे होने वाली है तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ तो आइए चल के देखते हैं सबसे पहले हमें इसको मिक्स करना है मैंने यहाँ पे गाजर मिक्स करे हैं मैंने यहाँ पे ऐड किया है कॉर्न जितना भी आपको चाहिए यहाँ पे मैं ऐड करी रही हूँ अपना गरम मसाला थोड़ा सा बस चाहिए हमें नाम के लिए ज़्यादा नहीं डालना है इसको बना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और क्योंकि हमें चीज़ परांठा चाहिए मसाला परांठा नहीं चाहिए तो हमने बहुत ही कम एक दो चुटकी हमने इसको यूज़ किया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक नमक हमने टेस्ट अकॉर्डिंग यूज़ किया है अपना ये हमारा है ब्लैक पेपर तो ब्लैक पेपर मैं इसको एड कर रही हूँ इसको भी बस थोड़ा सा ही ऐड करना है ज़्यादा ऐड नहीं करना है यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर रही हूँ ये तो आप आधा चम्मच यूज़ कर सकते हैं इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और ये क्या आधा चम्मच और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, ये भी बस थोड़ा सा ठीक है अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ तो देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है ये तो फिलिंग पूरी रेडी हो गई है अब हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम अपना इसमें करवा लेंगे और इसको ऑन कर देंगे गैस को तो हमने इसको ऑन कर दिया है तो अब हम आगे आटा लेंगे अपना और इसको जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आपको इसकी लोई बनानी है तो मैं इसे हिसाब से बनाती हूँ मैं इसको इतना रखती हूँ ज़्यादा ना छोटा ना ज़्यादा बड़ा बस मीडियम क्योंकि ज़्यादा छोटे से भी ये टूटेगा और बड़े से तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा तो हमने इसको बस इतना मीडियम साइज़ में रखना है तो हमने इसकी मीडियम लोई ली है अब हमने इसको रोटी का शेप देना है ना ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा और ये थोड़ा सा अगर चिपक जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर दीजिए तो ये आपका चिपकेगा नहीं तो इस हिसाब से आपको एक रोटी टाइप में बनाना है अब मैं इसमें ऐड करती हूँ जो हमने फीलिंग यहाँ पे रखी हुई है आलू की ये मैं इसमें कर देती हूं। पूरे में फैला दूंगी इसको मैं तो देखिए गाइस हमने पूरा इसको मिक्स कर दिया है अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चीज़ ये मोजरेला चीज़ लिया है हमने आप मोजरेला ही चीज़ यूज़ करिए क्योंकि ये अब पिज्ज़ा के लिए काफ़ी बेस्ट है और हम चीज़ पी चीज़ परांठा बना रहे हैं तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छा बनेगा तो मैंने यहाँ पे चीज़ ऐड कर दिया है अब हमने इसको ऐसे ही करके एक दूसरी प्लेट में ऐड कर देना है अब हम फिर दोबारा से बहुत छोटी एक लोई लेंगे इसके हाफ से भी हाफ मैंने इतनी छोटी लोई ऐड करी है इसमें तो मैं इसको फिर दोबारा से रोटी जैसा शेप दूँगी हमने फिर दोबारा से सूखा आटा इसमें ऐड किया है तो जितनी ये पतली हो आप उतनी ही पतली बनाइए तो अब मैं इसको अपने इस परांठे में ऊपर से ऐड कर रही हूं तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे ऐड करके थोड़ा सा इसको साइड में से मैंने इसको प्रेस कर दिया है अपनी फिंगर से तो देखिए इस ये इस टाइप का बनेगा हमारा और ये दो जने आराम से खा सकते हैं इस परांठे को तो ऑलमोस्ट हमारा बनने के लिए रेडी है हमने फिर दोबारा ऐसे इसमें बेलन चला दिया है आप देखिए अगर किसी को बहुत भूख लग रही है अगर आप उसके लिए बनाएंगे तो उसके लिए जन्नत से कम नहीं होगा तो मैं तो इसको बनाती रहती हूँ जो भी मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आती हूँ वो सारी मैं घर में बनाती रहती हूँ और ये सबको बहुत पसंद आती है तो हमारा ऑलमोस्ट परांठा बनके ये रेडी हो गया है अब हम इसमें पैन गरम हुआ है अब हम इसको पैन में डालेंगे तो हमने इसको डाल दिया है दो से तीन मिनट तक हमने इसको दो से तीन में नहीं एक मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और बीच बीच में से आपको इसको चेक करना है कि ये बना है या नहीं देखिए हल्के से ये बनना स्टार्ट हो गया है तो हमने इसको पीछे कर देना है पीछे की साइड लेके अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे अगर आप डाइट पर हैं तो फिर आप डाइट अपनी एक दिन के लिए स्किप कर सकते हैं क्योंकि डाइट वालों के लिए नहीं बना है इसमें थोड़ा सा ऑयल तो हमें चाहिए ही होगा जितना आप ऑयल डालेंगे उतना ही क्रिस्पी और उतना ही यम बनेगा तो आप ऑयल तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करिए अब मैं फिर दोबारा से पीछे ऐड कर रही हूँ मैंने दो चम्मच यहाँ पर ऑइल एड करे हैं और इसको हमें घुमाते रहना है देखिए इस तो हमने इसको ऐसे ही घुमाते रहना है दो से तीन मिनट तक या एक मिनट तक देखिए आप इसके अंदर की चीज देखिए ये अंदर ही मेल्ट हो रही है ये देखिए ये काफ़ी टेस्टी बनेगा जब तक हमारा ये परांठा बन रहा है तब तक हमने दूसरा परांठा बनाना में स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही आप मैक्सिमम बना सकते हैं परांठे अपने घर वालों के लिए तो मैं दूसरा परांठा ऐड कर रही हूँ आप कितने भी परांठे बना सकते हैं इसमें और मैंने फिर ऐसे ही कर दिया है सब चीज को इसमें ऐड करके तो एक बार आप घर में इसको जरूर ट्राई करिए गाय जी हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी मैं इसको अंदर से आपको दिखाऊंगी इसकी फीलिंग कितनी अच्छी बनी है तो अब हम इसको सर्व कर देंगे प्लेट में और अभी हम अपने बहुत सारे परांठा बना के हम रेडी करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर की फीलिंग्स देखिए इसकी चीज कैसे निकल रही है यहाँ से और ये इसी तरीके से इसकी चीज निकलेगी सारे परांठे में तो हमारा ऑलमोस्ट ये कुक हो चुका है परांठा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपी यूनिक रेसिपी लेकर आती रहूँगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और मैंने अब गैस बंद कर दिया है तो अब मेरी जो नेक्स्ट रेसिपी होगी वो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी देखिएगा की अंदर से चीज़ देखिए देखिए गाइज़ हमारा पिज़्ज़ा आलू परांठा रेडी है अब हम इसको ऐसे देखेंगे देखिए कैसे इसकी चीज़ निकल रही है आप चीज़ देखिए देखिएगा इसकी कैसे निकल रही है तो ऐसे ही आपको सारे परांठे में ऐसे ही चीज़ निकलेगी तो गायस हमारा परांठा बनके रेडी है हमने सर्व कर दिया है आप इसको बटर के साथ ग्रीन चटनी चि, के साथ और सॉस के साथ आप इसको खा सकते हैं और ये बहुत ही ऑसम awesome बना है आप प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई करिए आपके गेहूं के आटे से इतना टेस्टी नाश्ता और आप कहीं तो इसको लंच में भी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये हेल्थी है और काफ़ी अच्छा है और टेस्टी भी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए लाइक करिए थैंक यू सो मच